एंड वेलकम बैक टू क्राफ्ट इन चैनल आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैनवा थंबनेल डिजाइनिंग के बारे में सुख कैनवा थंबनेल डिजाइनिंग नहीं थर्मनेल डिजाइनिंग आप बोल सकते हो कैनवास के ऊपर मैं सिखाऊंगा तो कैनवा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप थंबनेल्स बना सकते हो लोगोज बना सकते हैं एंड्रोज बना सकते हो बहुत चीज़ें होती है अब मैं आपको मैंने कैनवा का इससे पहले एक वीडियो बना रखा है आई बटन पर आ रहा हुआ इधर तो आप आई बटन से जा उसे देखें फिर इसे कंटिन्यू करें क्योंकि कैनवा क्या आप के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए जब आप कर सकते हैं कैन बोले कैनवा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता बट हाँ जैसे आप कर सकते हो बोलते हैं सुख आय चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सुखाइश so चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गूगल प्रोम वो पैरा बरेफ मुझे इतने सॉफ्टवेयर नहीं वो, वो सॉरी सर्च इंजन नहीं पता बट कोई साइटिक अपना ब्राउज़र सॉरी सर्च इंजियर मनी कैनवा में जा सकते हैं यूट्यूब वीडियो एडिटर वगैरह इसमें ये पहले कैनवा की वेबसाइट है तो सब मिल के आपको टैम्पलेट्स वगैरह सब मिलते हैं तो ब्रांड टैम्पलेट्स से चालू करते हैं क्योंकि आप जैसे मेरी वीडियो है मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसको मैं इससे पहले डालूँगा सो so, उसके लिए मुझे कोई थंबनेल बनाना है वो एग्जैक्ट थंबनेल वैसा नहीं होगा बट ना उसी से उसी को आई थिंक मैं ऐसा ही करूँगा उसको सो so, सबसे पहले आपको जैसे जो मैंने वीडियो बना रखी है इससे पहले उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ जैसे ये थंबनेल है मैं एक थंबनेल बना रहा हूँ ये कोई मेरे चाइल पर नहीं आने वाला क्योंकि मैं अपनी पुरानी वीडियो के लिए कोई नया थमनेर होगा पर अभी स्पेश अभी आपको सिखाने के लिए मैं ये थमनेर ले लेता हूँ अब इस थंबनेल के अंदर का स्पेस का डिफरेंस बहुत आ चुका है तो प्लीज ये मत कहना कि मैं नहीं हूँ ये मैं ही हूँ एलिमेंट्स के अंदर अब मैं जैसे मैंने अर्डिनो लाइनों में बताया सब उसको मैं यहाँ पर एक एलिमेंट में जाके एक अर्डिनो ले लेता हूँ एंड देन ऐसे कर देता हूँ और यहाँ ऊपर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड देन परफेक्ट देन रेसपेरी पाए भी इसमें मैंने एक्सपेस्ट करा है जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली थी वहीं ये मैं सभी इधर से एडिट कर देता हूँ वो तो हमने डिज़ाइनिंग का है बट ये यूट्यूब आप उस पर कुछ भी कर सकते हो यानी कि अब मैं पेज करके इस पर कोई और भी ऐसे पेज भी कर सकते हैं वो तो, तो नॉर्मल फीचर है अ तो देन मैंने इसके ऊपर कुछ ये इसके बारे में भी बताया है ये स्क्रैच के स्क्रैच के बारे में बताया मैंने तो आप इस पर कुछ भी डाल सकते प्रो है इस पर आप नहीं डाल सकते शायद से रिमूव करने पड़ेंगे वाटरमार्क फिर फिर वाटर मार्क्स आ जाते हैं। so guys, अब आप इसमें कुछ भी प्रो का भी डाल सकते हैं जैसे मैं इसमें ये भी पूरी इमेज आ जाएगी <laughs> तो इसमें बस वाटर मार्क्स की दिक्कत रहती है और कुछ दिखता है प्रोफ का भी ये डाल सकते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रहा इसमें एक ये एक्सप्लेन करते तो बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं एलिमेंट ब्लॉक से अब गाइज एलिमेंट ब्लॉक के अलावा मैं आपको बताता हूँ अब आप ये तो समझ गए कहाँ से एलिमेंट्स जा रहे अपनी फोटो के ऊपर आप फोटो कैसे लेनी है अपनी फोटो आप अपलोड्स में जाके ऐसे करके यहाँ से ऐसे ड्रैग कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर जाना है यहाँ आप पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं वैसे सारे ऑप्शन हैं आप ये भी लिख सकते हो बट मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो यहाँ पर हेड है टाइटल तो कुछ भी राइड कर सकते हैं यहाँ पर आप जो भी आपका मन करे फिर इसमें आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं जैसे मुझको एक बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा सा बैकग्राउंड चाहिए ऐसा फ्री तो ये फ्री का बैकग्राउंड वगैरह सब है इस पर ऐसे में दे देता हूँ तो ये सारे बैकग्राउंड आ सकते हैं आपके फिर और इसमें बस वाटर मार्क वगैरह की दिक्कत आती है तो या बैकग्राउंड वगैरह इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए आप क्या वो रहेगा मूल के अंदर आपको कोई ऑडियो डालने वीडियो डालने चार्ट डाले फोटो डालना है सब है इसे यहाँ पर कहीं शेयर करना है और वहाँ से कोई पिकअप करनी हो पूरा फोटोशॉप वाला काम कर है और यहाँ पर कुछ डिजाइन पहले से कि आपके थम जाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और कहीं इसमें एलिमेंट्स के अंदर सारे जितने भी हैं एलिमेंट्स सब होंगे अपलोड से अंदर आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो देखिए अगर आपको लग रहा होगी मैं कोई नई वेबसाइट है कोई स्पॉन्सर आया ऐसा नहीं है देखो मेरे शुरू शुरू के सारे मैंने चीज़ें बनाया मैं इम्पोर्ट ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि ढूँढ ढूँढ के इम्पोर्ट में वीडियो को लगा दें तो बहुत टाइम लगता फ़ोटोज़ वग़ैरह इसमें आपको सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जैसे मुझको इसकी फोटो चाहिए मैं इसकी फ़ोटो लगा देता हूँ इसके ऊपर ये फोटोशॉप वाले का इससे आप ऐसे से एनिमेशन भी कर सकते हैं जैसे कोई वीडियो एनिमेशन की बनानी है जैसे करके आप भी कर सकते हैं जैसे इसमें साइड का थोड़ा तो रोड हार और एनिमेशन का सस्ती एनिमेशन कर सकते हैं जैसे रोड भाग रहा है क्योंकि आप ऐसे क्योंकि तो ऐसे करके है मतलब फनी टाइम मतलब फनी बोला कोई हिसे सीरियस मतलब ना इसमें आप कोई भी ऐसे जैसे मेरे बर्थडे की फ़ोटो लगानी है बर्थ डे की रत बर्थे के ऊपर ये कोई अपना टेक्स्ट है इसके ऊपर चेंज कर देता हूँ और भी तो लिख देता हूँ तो उसके हिसाब से कैनवास और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है कि वो जो लो लोग कहते थे आप नहीं बना सकते समय कैमरे बनाने में दो मिनट नहीं लगते समझ बनाने में तो लो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मुझे ऐसा बैकग्राउंड चाहिए तो ये भी हो जाएगा इसके अंदर मुझको मैं ये ऐड कर देता हूँ अपनी फोटो एक सी और इसके ऊपर छोटा करके फिर मैं एक ही फ़ोटो एड कर देता हूँ और इसके पीछे मैं लिख देता हूँ ग्रीन स्क्रीन कलर अब इस ग्रीन स्क्रीन को मैं हटा सकता हूँ फ़ोटो एडिट कर सकता हूँ बहुत चीज़ें होती हैं इसमें बट इट सिंपलेस्ट वे टू मेक योर थंबनेल सो तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट्स कमेंट्स बहुत कमाते हैं नीचे नीचे और लाइक like कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर करिए मेरी वीडियो को और नीचे कमेंट कर दीजिए कि मेरी वीडियो कैसी लगी और कुछ नए टॉपिक्स बताइए जिस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जो कि आपको अच्छे लगे और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि मेरा चैनल डाउन जा रहा है सो यही थी आज की वीडियो आज की वीडियो के अंदर हमने समझा कैनवा डिस कैनवास सो गैस यही थी आज की वीडियो सोज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर है बाय बाय